मोबाइल को कब करें चार्ज दस परसेंट होने पे या बीस परसेंट होने पे या पैंतीस परसेंट होने सब पे सबसे लो बैटरी करके अब स्विच ऑफ करके चार्ज करें आज हम टोटल आपको जानकारी देने वाले हैं जैसे जैसे फोन पुराने होते जाता है वैसे वैसे वह स्लो बैटरी चार्ज होने लगता है और चार्जिंग परफॉर्मेंस का नीचे जाता है फोन का जल्दी डिस्चार्ज होना और, और इस्तेमाल करते हुए बैटरी का जल्द खत्म होना यह कुछ गलतियों की वजह से होता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फोन को बहुत जल्दी जल्दी चार्ज लगा देते हैं उदाहरण के तौर पर किसी ने मिनट के फोन इस्तेमाल किया फिर तुरंत लगाया फिर दस मिनट फोन इस्तेमाल किया तुरंत चार्ज लगाया ऐसे ऐसे करके सौ चार्ज करते हैं फिर तुरंत लगाते हैं आने यानी नीचे होने ही नहीं देते एक फोन की बैटरी की औसत उम्र दो से तीन साल तक की होती है मैन्युफैक्चरर द्वारा रेट किए गए लगभग तीन सौ ऐसी पाँच सौ चार्ज साइकिल के साथ आती है की इसे आप तीन सौ बार और पाँच सौ बार अंदर डाल सकते हो और निकाल सकते हो इतनी बार चार्ज कर सकते हो कैपेसिटी करीब दो तक होती अब है सवाल उठता है की फोन की बैटरी कितनी होने आरोप फोन को चार्जिंग आरोप लगा फोन को चार्जिंग आरोप लगाने ऐसी पहले बैटरी को बीस तक डिस्चार्ज होने के बाद ही फोन को चार्ज फोन को कभी भी एटी ऐसी ज्यादा चार्ज मत करे क्यूँकी इससे ज्यादा चार्ज होने बैटरी हमारा गर्म होने लगता है और साथ में हमारा स्मार्टफोन भी गर्म होने लगता है जो खराब होने के चांसेस रहते हैं फोन तो को बैटरी पूरी तरह से डाउन होने से बचाएं, आने के पूरी दो परसेंट एक परसेंट हमेशा स्विच ऑफ करके ना चार्ज लगाएं, जीरो परसेंट तो बिल्कुल मत लगाएं, बीस परसेंट और पंद्रह इसका सही समय होता है चार्ज लगा फोन का। की बैटरी जीरो तक पहुँचना उसकी हेल्थ के लिए एक अच्छी नहीं मानी जाती इससे बैटरी लाइफ भी कम होती है और चार्जिंग भी स्लो होने लगती है ये जानकारी आपको कैसी लगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें साथ में दोस्तों के साथ शयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में